दरिया कांठे आवे सोमनाथ मंदिर में आपका स्वागत है और हम लोग पहुंच गए सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर पार्किंग में गाड़ी आपको यहां पे रखना होता है और 20 रुपया गाड़ी के पार्किंग का चार्ज है यहां पे अभी भी काम चल रहा है मंदिर उधर सामने है मंदिर पे आपको बेल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है तो हमारे कुछ आदमी बाहर खड़े रहेंगे और कुछ लोग हम अंदर जायेंगे इसलिए कैमरा वहाँ तक तो ले लेते हैं दोस्तों मंदिर में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ ये सोमनाथ का मंदिर का जिक्र ऋग में भी किया गया है आप समझ सकते है की कितना पुराना मंदिर है दो साल पहले इस मंदिर को गिराया जितनी बार गिरा उतनी बार ये वापस बना दिया गया और बारह ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग ये है सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले अफगान शासक मोहम्मद गजनवी ने जब हमला किया तो इस मंदिर को तबाह कर दिया था लेकिन फिर से इस मंदिर को बनाया गया जितनी बार भी हमला हुआ लूट और धर्मांतरण के लिए किया गया तो अभी फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है लेकिन ये बहुत हिस्टोरिक है ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे लोग दूर दूर से आते है पूरे भारत भर अभी चलते है आगे और दिखाते हैं आपको सोमनाथ मंदिर का भव्य नजारा इधर समुंदर भी है पास में ही तो समुंदर की साइड भी जाएंगे हम लोग तो दोस्तों आ चुके हैं मंदिर के ठीक सामने और बहुत ही ज़बरदस्त भव्य मंदिर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे पूरी मार्केट है और यहाँ पे एक स्टैचू जैसा बना हुआ है यहाँ पे देखिए मंदिर ये रहा तो अभी जाते हैं थोड़ा और करीब से दिखाते हैं आपको सोमनाथ महादेव मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त सोमनाथ महादेव जी मंदिर का दर्शन करके आ गया ये बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिक ऐतिहासिक है और मैंने यहाँ से एक बुक लिया था एक बंदा है जो बाहर बैठा है पैसा मैंने मेरे पास था नहीं पॉकेट अंदर था इसलिए मेरे को बोला तुम ले जाओ वादा नहीं बाद में पैसा देना ईमानदारी से तो अभी मैं उनको पैसा वापस देने के लिए जा रहा हूँ थैंक यू क्या हो जाए भाई ये व्यवस्था ठीक है तो so, ये लिया मैंने एक इतिहास का किताब की इस मंदिर के बारे में क्या है क्या नहीं वो सब कुछ जानने के लिए वो हम पढ़े के बताएंगे बाद में आपको तो अभी फिलहाल हम है कमनाथ मंदिर के बाहर मार्केट है वहाँ पे और यहाँ से हम जा रहे हैं समुंदर देखने के लिए बहुत मज़ा आ रही है समुंदर बहुत ही डरावना और बहुत ही भयंकर विशाल का है तो एकदम ताज़ा ताजा हवा आ रही है हवा इकतरनाक हम अम, हमको तो देख डर लग रहा था अभी हम समिर के पास ही जा रहे हैं और मंदिर है न उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि, कि किस प्रकार का मंदिर है ऐसा मंदिर है इतना विशाल का है इसका इतिहास बहुत पुराना है जैसा कि मैंने पहले बताया और इसका लाइव प्रसारण भी होता रहता है ज्योतिर्लिंग में से पहला ये है तो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, का। so, यहाँ पे कहा है भाई गलत नहीं आगे चलते ये पानी को रोकने के लिए जब बाढ़ या तूफान आता है तो पानी है। ये बना रहे हैं ये देखिए क्या बनाते भैया उसको क्या बोलते है? स्टार ब्लोक। स्टार ब्लॉक ब्लॉक पानी, पानी को रोकता है तो ये पूरा पूरा लगाओगे सब जगह पे नहीं सब जगह ना जो मंदिर है राम मंदिर है ना हाँ हाँ वहाँ से लेकर आगे आगे तक और ये ये क्या बन, रही है? ये रोड बन रहा है रोड ओके कितने okay. साल से चल रहा है काम अभी बारह जैसा आया पानी आया सो हाँ, okay. so अभी आपने, आपने सुना द्याव होगा आ हाँ जाओ था? कि ये क्या करा रहे हैं स्टार ब्लॉक बना रहे हैं पानी को कटाव ना हो इसलिए रोकने के लिए ये रोड मंदिर के ठीक पीछे से